फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे औषधीय ट्री की बात करेंगे जो मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए विशेष औषधीय उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हिंदी में कमीला या कपिला कहते हैं साइंटिफिकली इसको मेलोटस फिलीपेंसिस के नाम से जाना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों से हमारे पास फीडबैक मिला कि सर पशुओं की चिकित्सा के लिए भी कुछ पौधे बताइए तो आज हम कमीला को पशुओं व मनुष्यों के रोगों के निवारण के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बताएंगे यह चार से छः मीटर ऊंचाई का होता है इसको सर्ब की कैटेगरी में डाला गया है 1000 मीटर अबव द सी लेवल तक इसको कल्टीवेट किया जा सकता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय इसमें इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर होता है पैनिकल रेसिन इसके लीव्स में एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं इसका जो ये इेच्योर इस्टेज में इन्फ्लोरेसेंस की जो स्थिति है इसके बाद ये जब बड़े होंगे तो एक स्लाइमी मटीरियल इस फ्रूट के अंदर होता है और इसका जो बीज होता है वह बायिडंग के बीज के जैसा होता है गुण और धर्म बायिडंग से इसके काफ़ी समान हैं लेकिन बायिड इससे प्राप्त नहीं किया जाता बायबिडंग का फैमिली और स्पीशीज दोनों अलग हैं बायबिडंग एम्बेलिया राइब्स होता है जो कि मिर्सिनासी फैमिली का है और कपिला जिसको मेलोट्रस फ्लिपेंसिस कहते हैं ये यूफॉर्बीएसी फैमिली का है अधिकतर जो युक फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं उनमें परगेटिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इस प्लांट का लीव्स आप देख रहे हैं इसकी जो छाल है बार्क और जो इसका जो फ्रूट है उसका स्लाइमी मटीरियल और सीड से प्राप्त होने वाला असेंशल ऑयल अपने विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों में यूज़ में आता है अब पहले मनुष्यों के लिए बात करें तो देखा गया है कि पित्तज गुल्म जो होता है इसमें इसके लीव्स का डिकॉक्शन साधारण रूप से आप दे सकते हैं इसके साथ साथ इंद्रलुप्त जिसमें सर के ऊपर से बाल उड़ जाते हैं उसके इसमें क्या कर सकते हैं इसके जो राइपनड फ्रूट होते हैं उससे हमें तिल के तेल में सिद्ध करके एक ऑइल तैयार करना है और उसको धीरे धीरे अपने लगाना है अप्लाई कर धीरे धीरे क्या देखेंगे कि जहाँ से बाल उड़ गए थे वो दोबारा आ जाते हैं यह फ्लैटुलेंस है, की जो समस्या होती है पेट में अफारा जैसी स्थिति आती है उसमें भी उपयोग इसका किया जाता है विशेष बात यह है कि एक्सेस मात्रा में लेने से यह सलाइवेशन और प्रगेशन को बढ़ा देता है तो मात्रा लिमिटेड लेनी चाहिए हैं पशुओं में क्या अब हम पशुओं की बात करें तो पशुओं में जो मौसम बदलता है ऐसे ही इंसानों में जब मौसम बदलता है तो वात और पित्त के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वात और कफ के माफ़ कीजिए वात और कफ के जिसको वीटिएटेड वाता एंड कफा डिस कहते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है इसका जो असेंशल ऑयल है वो एंटी फंगल एक्टिविटीज इसमें होती हैं इसके फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल होता है इसके लीव्स के डिकॉक्शन में एंटी माइक्रोवियल एंटी कैंसरस एंटी वायरल पोटेंशल पाया गया है इसको कुमकुम -कुम भी कहा गया है नेचुरल कलर इससे तैयार किया जाता है अब मार्केट में सिंथेटिक आ गए हैं जिसकी वजह से इनका चलन कम हो गया लेकिन औषधि उपयोग इसके अभी भी बहुत हैं पशुओं में क्या होता है कि फ्लेटुलेंस की समस्या जिसको अफारा कहते हैं उसमें इसके साथ साथ पशुओं में देखा गया है कि पशु शांत हो जाते हैं धीरे धीरे उनके मूवमेंट्स कम होती जाती है वो चारा या भूसा कम खाना स्टार्ट कर देते हैं उस अवस्था में भी इसका सुखा के इसका जो ये एपिकल पोर्शन है इसको सुखा के आप रख लीजिए और इसका धूमन देना होता है धूमन मात्र देने से पशु जो दो तीन बार धूमन आप दीजिए पशु ठीक हो जाते हैं और भूसा चारा खाना स्टार्ट कर देते हैं इसका जो करंज के तेल में सिद्ध किया हुआ तेल है वह घाव को भरने में भी इस्तेमाल किया जाता है पशुओं के घाव भरने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मनुष्यों में भी इसका उपयोग व्रण रोपण में किया जाता है यह है बहुत ही उपयोगी प्लांट है इसका हमें अच्छे से पहले इसको आइडेंटिफाई करके ही उपयोग में लाना चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरिद्वार उत्तराखंड बहुत कॉमन ये पाया जाता है गंगा नहर जो है इसके दोनों तरफ ये लगा हुआ है हरिद्वार से लेके मेरठ तक एक्सप्लोरेशन के समय हमने इसको पाया चार से छ मीटर तक इसकी ऊंचाई हो जाती है इसमें एल्क्लॉइड ग्लाइकोसाइड्स कुमेरिन रिन आइसोरोटलेरिन इस तरह के बहुत केमिकल कॉन्सटेंट्स की पाए जाते हैं मात्रा का विशेष ध्यान रखना है लेते समय किडनी का स्टोन भी हो उसको भी ये ब्रेक कर देता है इजीली। क्योंकि इन्फ्लोरेशंस हर मौसम में नहीं आता है जून जुलाई के महीने में इन्फ्लोरेशंस आता है इसलिए लीव्स को इस्तेमाल किया जा सकता है वन टू टू लीव्स का डिकॉक्शन बना सकते हैं बार्क का पाउडर रख सकते हैं बना के और जैसा कि पहले बता चुके हैं पशुओं में धूमन के माध्यम से अफारा की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है धन्यवाद